वक्त मैं बुद्ध हूं। लोग मुझे बच्चा समझकर ध्यान नहीं देते लेकिन मैं ही उनके दिमाग की नशें हूं। उनका तंत्रिका तंत्र मैं ही तो हूं। उनको नहीं पता कि मैं बिगड़ गया तो भेजा खाली कर सकता हूं उनका ये सही है कि मुझे अकेले को संभालना बहुत ही मुश्किल है लेकिन मैं उनकी एनर्जी का 75 ग्रहण कर लेता हूँ ये भी पूर्ण सत्य है मैं सूर्य के समीप रहता हूँ इसलिए सूर्य का तेज भी मेरे पास है मेरे तीन नक्षत्र जेष्ठा, रेवती अश्लेषा हैं मैं अपनी ही राशि कन्या राशि में 15 अंश पर उच्च का व मीन राशि में नीच का होता हूँ मेरी वाणी बड़ी मनमोहक होती है बहुत ही मन को मोह लेने वाली होती है सामने वाले के रंग में मैं कब रंग जाता हूँ ये उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता है तेरी वाणी भी मैं ही हूँ तेरी त्वचा भी मैं ही हूँ तेरी बड़ी आत मैं ही हूँ तेरी नसों से संबंधित जो भी चीज़ें शरीर में कंट्रोल होती है वो मैं ही तो हूँ अतः मैं बुद्ध हूँ मुझे तू कम मत आती मैंने कहा ना कि मैं बिगड़ गया तो कहीं का नहीं रहेगा तंत्रिका तंत्र गया बड़ी आत गई तो बचेगा क्या तेरे अंदर मैं बुद्ध हूँ मैं तो किसी के रंग में भी रंग जाता हूँ वराह ने तो मुझे लग्न के साथ मिला के लग्न को और बलि बना दिया शुभ बना दिया क्योंकि मैं तो सामने वाले के रंग में रंग जाता हूँ सूर्य के रंग में रंगा तो बुधातिथ्य योग में रंग गया चंद्र के साथ मिला तो मन की गहराइयों में ऐसा लेके जाता हूँ कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी समझा देता हूँ चंद्रमा मेरे पिता हैं चंद्रमा मुझसे शत्रु भाव नहीं रखते हैं लेकिन मैं अपने पिता से शत्रु भाव रखता हूँ मंगल के साथ यदि मैं मिल गया तो दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ाता हूँ कि तुझे चैन से नहीं बैठने देता हूँ बड़े बड़े काम करवा देता हूँ तुझसे गुरु के साथ यदि मैं बैठ गया तो तुझे महाज्ञानी और महाशुभ बना दूंगा मैं बुद्ध ही तो हूँ शुक्र के साथ बैठने पर मैं धन धान से परिपूर्ण कर देता हूँ शुक्र के साथ ही बैठकर मैं महालक्ष्मी योग भी बना देता हूँ यही शुक्र मुझे अपना बल दे देता है शनि भी तो मेरे रंग में रंग जाता है क्या जबरदस्त निर्णय क्षमता मैं प्रदान करता हूँ इसी शनि के साथ मिल करके। लोग राहु का गुड़ गाते हैं उसके रंग में रंगे रहते हैं उससे डरते हैं लेकिन यही राहू मेरी राशियों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं मिथुन मेरी ही राशि है जहाँ पर राहु आके उच्च के हो जाते हैं मैं ही तो इसको मिथुन में कंट्रोल करता हूँ मेरी इसी मिथुन राशि में राहु इतनी वृद्धि कर देता है जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है इस राहु को तो मैं ही कंट्रोल करता हूँ मेरी राशि कन्या में तो राहु कब्जा जमा के फिर सारा पैसा रुपया धन दौलत मान सम्मान आपको दिलाता है हिलता ही नहीं है हर प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल दिला देता है सब इस रंग राहु को भया मानते हैं लेकिन यही राहु मेरे बल के आगे एक मच्छर के समान है इस राहु को सिर्फ मैं नियंत्रित ही नहीं करता हूं, मेरा आधिपत्य भी इस पर अधिक रहता है क्योंकि मैं बुद्ध हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं हमेशा युवा दिखने वाला हूं। ये राहु मेरी छत्र छाया में पलता है बढ़ता है इसकी क्या मजाल जो मेरे आगे चू भी कर दे मुझे बलवान कर लो तो राहू भी चुपचाप है वहाँ जहाँ रहेगा चुपचाप बैठा रहेगा सेनापति भी भले ही कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो लेकिन करनी तो उसको रक्षा अपने राजकुमार की होगी तो सेनापति मंगल भी मेरी रक्षा करता है उसका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना क्योंकि मैं बुद्ध हूँ मैं राजकुमार हूँ सूर्य मुझे अपने पास रखता है चंद्रमा मेरा पिता है सूर्य सब ग्रहों का राजा है चंद्रमा सब ग्रहों के बल का बीज सूर्य सब ग्रहों के दोष को हरने की क्षमता रखता है सूर्य चंद्र का प्यारा हूं मैं मैं बुद्ध सेनापति मेरी रक्षा करता है राहु मेरे आगे नतमस्तक है शुक्र मुझ में अपार बल देता है अपना बुद्ध हूँ जो मैं पंचम में स्वग्रही या उच्च का हूं तो बिना गुरु के ही तुझे मैं महाज्ञानी बना दू मैं एकमात्र ऐसा ग्रह हूँ जिसके बल पे मैं तुझको गुरु की पदवी दिला सकता हूँ अष्टम में मैं ही तो हूँ जो तो तुझे ज्ञान की अनंत गहराइयों में ले करके चला जाता हूँ मैं बुद्ध हूँ वत्स मैं बुद्ध हूँ मेरी तेजी के आगे भी सब फीके पड़ जाते हैं मैं इंतजार नहीं करवाता तुझे तुरंत फैसला वहीं का वहीं करवाता हूँ जहाँ बैठूँगा जल्दी जल्दी तुझे वहाँ के फल प्रदान करूँगा मैं बुद्ध हूँ मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसको हमेशा जो है कुछ ना कुछ दे करके ही जाती है मैं तेरे अंदर ग्रहण करने की क्षमता हूँ तू जो भी ग्रहण करता है वो सारा सार मैं ही तो हूँ मैं तेरी बहन भी हूँ बुआ भी हूँ बेटी भी हूँ तेरी हँसी में मैं भी हूँ तेरे लेखन में मैं भी हूँ तू जो बोलता है वो मैं हूँ हाजिर जवाबदेही में भी मैं ही तो हूँ वत्स मैं बहुत कुछ हूँ मैं बुद्ध हूँ कहाँ राहु के चक्कर में पड़ा है तू मेरी गुड़ गाले तू राहु के माया से दो मिनट निकाल के ले आऊंगा तुझे मैं बुद्ध हूँ मैं मेरे रंग में रंग जा तू मैं तेरे रंग में रंग जाऊंगा क्योंकि बुद्ध जो हूँ मैं मैं किसी के साथ ऐसा घुल मिल जाऊंगा कि पल भर में में मिनटों उसके अंदर की सारी बातों को पता कर सकता हूं बुद्ध हूं अतः मैं दर्शकों राजकुमार ग्रह को इतने सुंदर तरीके से आपको कोशिश की है समझाने की उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के विश्लेषण आपको जो है समझ में आएंगे और ज्योतिष को एक नए ढंग से आपके समझ लेकर के आएंगे तो दर्शकों कैसा लगा यह हमारा विश्लेषण कमेंट के माध्यम से बताइएगा काफी कुछ इसमें चीजें हैं दिन प्रतिदिन इसमें सुधार होता जाएगा और भी काफ़ी कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको भी आगे बताएंगे वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए संक्षेप में बताया है नए हैं तो ज्योतिष के इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार